तो इस कंडीशंस में हम बात कर रहे हैं ग्रेडिंग सिस्टम की तो मेरे पास कुछ पर्सन के मार्क्सिट्स हैं और मुझे इस पे ग्रेड देना है ग्रेड देने का जो स्लैब है वो है कि अगर 40 से नीचे है तो सी ग्रेड 40 टू 60 है तो बी ग्रेड 60 टू 90 है तो ए ग्रेड और ग्रेटर 90 है तो ए प्लस देना है अब यहाँ पे आप समझिए बहुत सारे लोग इसमें कंफ्यूज हो जाते हैं कि इसमें एन लगाए क्योंकि बिटवीन दिया गया है राइट? एक बात देखें यहाँ पे कुछ भी आएगा सबके लिए कुछ न कुछ है है ना सर Good. अगर किसी को अगर मान लीजिए कि आता आता है, 15 आता है, तो उसके लिए स्लैब में कुछ ना कुछ है तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि नीचे से ऊपर घटते घटते हुए क्रम में आगे बढ़ेंगे, मैंने की बढ़ते हुए क्रम में मतलब सबसे पहले छोटा कंडीशन लगाएंगे कि अगर ए लेस देन फोर्टी है ठीक है तो यहां पर एंड मेथर्ड सॉरी इसका मतलब है कि वो सी ग्रेड लेके आया है, आया कुछ करने की जरूरत नहीं अगर 40 से बड़ा हुआ तो फिर दूसरा इफ चलेगा कि F, अगर ए लेस इक्वल टू 60 है इसका मतलब है कि बी ग्रेड लेके आया अभी आप बोलेंगे सर अगर मान लीजिए यहाँ पे फिफ्टीन होता जीरो क्या है दूसरे इफ पे तब जाएगा जब पहला इफ फॉल्स होगा ना सर अगर फिफ्टीन होगा तो पहले इफ्ट यहाँ पे चलेगा और सी आ जाएगा, दूसरा इफ इग्नोर हो जाएगा तो ठीक है ऐसे ही तीसरा इफ्ट आया तीसरा इफ्ट अगर आया तो रिजल्ट देगा और यहीं पे खत्म कर देगा फॉर्मूला नहीं तो फिर चौथा इफ्ट चलेगा कि इफ हमने इसको सिलेक्ट किया लेस देन इक्वल टू नाइंटी ठीक है तो यहां पे ए ग्रेटर उसके बाद अगेन इफ्ट करेंगे इसको कि अगर ग्रेटर देन नाइन्टी है तो यहां पे प्लस अब लास्ट में हमने बहुत सारे बहुत सारे की हैं तो लगाने पड़ेंगे। लगाने की नहीं जरूरत नहीं एंड की जरूरत तब होगा जब हमें कुछ बिटवीन मिला हुआ है कि से टू हंड्रेड देखिए यहाँ पे तो है ना हंड्रेड से नीचे फिर टू हंड्रेड के बाद सबका दिया रहेगा तो हम स्लैब के अकॉर्डिंग चलेंगे जैसे मैंने बताया क्लियर है जैसे कि पहले क्लास में बताया कि अगर दो ज्यादा लॉजिक है का यूज करेंगे तो बट पे लॉजिक लॉजिक लॉजिक है ना चार दो से ज़्यादा तो अगर आपके पास हर लॉजिक के लिए अलग अलग रिजल्ट है वहाँ पे हम एंड और इस्तेमाल नहीं कर सकते ठीक है यहाँ तो हर लॉजिक के साथ रिजल्ट अलग है ना सर अलगिक हम हाँ एंड यहाँ इस्तेमाल कर सकते थे ना यहाँ पे जो आपके साथ सातवें नंबर में क्वेश्चन में, में था यहाँ पे कंडीशन तो बहुत सारा है पर पास्ट और फेल जाना है ठीक है